स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आई सेहत में मैं हूं सोनिया अरोड़ा और आज आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमडी मेडिसिन डॉक्टर अनिमेश चौधरी डॉक्टर अनिमेश आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आजकल के लाइफस्टाइल में सेहत का जितना ध्यान रखा जाए उतना कम है और जरा सी चूक से आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है ये इसके लक्षण क्या हैं कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट आजकल की बदलती और तनावग्रस्त जीवन शैली से रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है आधुनिक जीवन में व्यक्ति बहुत से बीमारियों से ग्रसित है और इन्हीं में से एक है थायरॅड का रोग थाइरोय गले में सामने के हिस्से में बटरफ्लाई आकार में पाया जाता है गले में स्थित थाइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करता है जब किसी कारण से यह हार्मोन निर्धारित मात्रा से कम या ज्यादा निकलने लगता है तो हाइपोथर और हाइपर नाम की बीमारी सामने आती है जिसमे कम और जरूरत ऐसी ज्यादा मात्रा में थाइरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होने लगता है और कई तरह की समस्याएँ पैदा होती है थाइरॉइड को साइलेंट किलर भी माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर में पता चलते हैं यह रोग किसी को भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर महिलाएं इस रोग का ज्यादा शिकार होती हैं थारॉइड कोई रोग नहीं बल्कि एक ग्रंथि का नाम है जिसकी वजह से ये रोग होता है लेकिन आम भाषा में लोग इस समस्या को भी थारॉइड ही कहते हैं देश में चार करोड़ ऐसी भी ज्यादा लोग थाइरोइड के शिकार है लेकिन उनमें ऐसी नब्बे लोग थारॉइड के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण उसके लक्षणों को अनदेखा करते रहते हैं जिसकी वजह से रोग गंभीर होता चला जाता है यह एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं और इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इसके लक्षणों को पता किया जाए और इलाज करवाया जाए रिपोर्ट आईएनएच न्यूज तो ये देखिए हमने थायराइड पर आइए कर तो तो कर तो चर्चा करते हैं अपने जो खास विषय पर थारॉइड होता क्या है हम जानेंगे डॉक्टर से डॉक्टर साहब आप हमें बताइए की सोनिया जी जैसा कि इस रिपोर्ट ने बताया कि थायराइड एक ग्लैंड का नाम है इट इज़ नॉट अ डिसीज़ इट इज़ अ ग्लैंड बॉडी में हमारे गले के सामने पोर्शन में थायराइड ग्लैंड होती है uh, ये एक ग्रीक वर्ड था थॉराइस जिसका मतलब था सील्ड तो ये ग्लैंड का शेप जो है सील्ड जैसा देखा गया आसपास तो इसलिए इसका नाम उसमें रखा गया थाइराइड बटरफ्लाई स्लेब होता है आज के डेट में इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं थाइरॉक्सिन uh, साइंटिफिकली ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे पर दो हार्मोन्स रहते हैं टी थ्री टी फोर मेन थायरोक्सिन बोलते हैं टाइडो रहते हैं ये हार्मोन्स बॉडी पे मेटाबॉलिकली uh, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं मेटाबोज uh, के लिए कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट जो होते हैं हार्ट के लिए और ख़ासकर छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मेंटल एंड फिजिकल बहुत डेवलपमेंट के लिए ये हारमोन बहुत ज़रूरी होता है तो इसकी अगर कमी हो या इसकी अधिकता हो तो ये एक बीमारी के रूप में होती है जिसको अपन हाइपर या हाइपोथरिज्म बोलते हैं जी डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे होता है थायराइड इसके क्या लक्षण है जो हम पहचान सकें इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है थायराइड कैसे होता है तो थायराइड होने के कई आ, कारण हो सकते हैं सबसे पहले तो जैसे मैं बताया कि थायराइड जो आम भाषा में हम थायराइड बीमारी बोलते रहें दो तरीके की होती है हाइपोथायरिज्म मतलब थाइराइड ग्लैंड का फंक्शन कम होना थाइरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होना और दूसरा होता है हाइपर तो मतलब थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा होना थायराइड लैंड का फंक्शन ज़्यादा होना तो मोस्ट कॉमन जो है ज़्यादातर पेशेंट्स में पाया जाता है जिसको हम आम भाषा में थायराइड की बीमारी बोलते हैं वो होती है हाइपोथाइडिज्म जो जनरल लैंग्वेज में हम थायराइड बोल रहे हैं दट इज दाइपर थारेज, हाइपोथायरिज्म थायरॉइड फंक्सन कम होना ये बहुत कॉमन बीमारी है यूजली फीमेल्स में पाई जाती है कई कारणों से थायरॉइड का फंक्शन कम होता है जिसमें से जो टी में और बाकी जगह पर ज़्यादातर दिखाया जाता है आयोडिन डिफिसेंसी जहाँ छोटे थे तो दूध दशम में ऐड आता था कि आयोडिन की कमी से घेंगा रोग हो सकता हे हे है, है। गोइटेर या घेंगा रोग आयोडीन डेफिशेंसी से होता है दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाना इन्फेक्शन हो जाना वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली थायराइडाइटिस कराता है थायरॉयड ग्लैंड में जब इन्फेक्शन होगा तो उस समय कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए भी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है तीसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड जस्ट लाइक एक ऑर्गन उसको काम करने के लिए बहुत सारे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है आयोडीन उनमें से एक चीज़ है जो थायराइड हार्मोन बनाता है आयोडीन के अलावा बहुत सारे विटामिन ऐसा माना गया है कि विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशेंसी विटामिन डी डेफिशेंसी या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसे पदार्थ खाए जाएँ जो थायरय ग्लैंड के फंक्शन को इम्पेयर करें रोकें आ, कुछ जो नॉन चीज़ है लोगों में कि पत्ता गोभी फूल गोभी हालांकि इनको बहुत ज़्यादा खाने से आम मरीजों में थायराइड की प्रॉब्लम्स नहीं आती ऐसा देखा कि जो मिलेट होता है बाजरा कई जगह बोला जाता है कि बाजरा बहुत बाजरा फायदेमंद होता भी है आ, एज ए ग्रेन पर कभी कभी बाजरा जो रहता है वो थायराइड के फंक्शन में इम्पेयर करता है उसको इम्पेय करता है तो इन सब चीज़ों से भी थायरॉयड होता है हाइपरथायरडिज्म के कारण जो रहते हैं वो अलग होते हैं उसमें एक होता है आयोडीन एक्सिस चाहे आप समुद्र के किनारे रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा आयोडीन रिच फूड खा रहे हैं उसके कारण हो सकता है सेकंड कारण होता है आपका ग्लैंड के अंदर जो ग्रंथि है उसके अंदर कोई नोड्यूल बन जाए कैंसर हो जाए या इवन अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन में भी कुछ समय के लिए थाराइड की मात्रा बढ़ भी सकती है तो ये सब कारण होते हैं थाइराइड कम होने के या थारॉक्सिन ज़्यादा होने के जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं सुनील जगदलपुर से जी सुनील जी अपना सवाल प्लीज पूछिए नमस्कार सर मैं जगदलपुर से बोल रहा था ये मेरे पिताजी की उम्र 85 साल है और इनका कल ही पॉइंट फाइव फोर आया है जो नॉर्मल रेंज है पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट जीरो जीरो है इसको कैसे नॉर्मल कर सकते है सर देखिये ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल थायरॉ टी जो रहता है वो एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है जो हम लोग जब भी थायराइड के वर्कअप करते हैं चेकअप करते हैं तो सबसे हम उसी को चेक करते हैं तो टी जितना ज़्यादा रहेगा थायराइड उतना कम माना जाता है ये लोगों में मिसकॉन्सेप्ट रहता है और टी जितना कम रहेगाड थायरॉक्सिन या थाइराइड की मात्रा उतनी ज़्यादा मानी जाती है बॉडी के अंदर पर जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है यूजुअली होता है जीरो पॉइंट फाइव से लेके फाइव पॉइंट फाइव के बीच अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग पॉइंट फाइव के आसपास डिफरेंस रहता है पर फाइव से लेके टेन के बीच जो टी का लेवल रहता है इसमें अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब क्लिनिकल इसमें अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है या उसकी एज ज़्यादा है तो हम लोग कोई खास ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं टेन से ऊपर अगर टी हो या फिर फाइव से लेकर टेन के बीच में टी हो और कोई सिम्टम्स हो तो इसका इलाज करते हैं सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट एल्डरली होते हैं मतलब साठ साल से ऊपर की एज वाले पेशेंट जिनको पहले थायराइड की दिक्कत नहीं चल रही थी उनको थायराइड हार्मोन्स हम लोग कुछ कम मात्रा में ही देते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म लेवल बढ़ाता है तो एल्डरली पेशेंट को या जिनको हार्ट की दिक्कत पेशे है ऐसे मरीजों को थायरॉयड नॉर्मल डोज से थोड़ा कम डोज दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वहाँ नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाइए और उनसे पूछिए पर इस इस जितनी रिपोर्ट आप बता रहे हैं रिपोर्ट्स में ट्रीटमेंट चालू नहीं किया जाए तो सही रहेगा। जी डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और सवाल पूछना कि थायराइड से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है थायराइड से कैसे बचा जा सकता है तो इसमें तो सबसे पहले यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल आप सुधारिये अभी जो थाइड लैंड हो रहा है वो लगातार जंक फूड खाने से जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो यूजली बाहर से पकाए हुए रहते हैं कच्चे तोड़े रहते हैं फल तो उससे विटामिन की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती हैं विटामिन बी ट्वेल्व डेफेंसी बहुत कॉमन है धूप में निकलना लोगों का बंद होता जा रहा है सनस्क्रीन का प्रयोग बढ़ते जा रहा है तो विटामिन डी डेफसेंसी भी बहुत कॉमन है साथ में जैसे कि अगर आप ये भी ध्यान देंगे कि लगातार कैल्शियम या आयरन का टेबलेट खा रहे हैं जो कि ज़रूरी भी है वो भी थाइराइड हार्मोन के ऑब्जॉर्ब्शन को रोकता है कम करता है अगर आपको थायराइड हाथ जी जी तो अगर आपको थायराइड के बारे में आपको लगता है जो लक्षण हम कभी आपने पेपर में पढ़े हैं या डॉक्टर साहब के बताते हैं या हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है और आप शुरुआत में ही थायराइड को चेक करा लेते हैं थायराइड अपनी बीमारी के लिए तो अर्ली चेकअप अगर होगा तो उसका क्योर होने का चांस रहता है ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि एक बार आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो लाइफ लॉन्ग रहेगी ऐसा नहीं रहता है कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं अधिकतर प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो विद टाइम ठीक हो जाती हैं हाँ रेगुलर वर्कअप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जब जब आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं कि इतने इतने समय में आपको टीएसएच की जांच या ट्री थर्टी की जांच या जो भी जाँच वो बोलते हैं वो आप करवाते रहिए और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के उनकी सलाह के बिना थायरॉइड के मेडिसिन खाना बंद ना करें चाहे वो हाइपर थायरडिजम हो चाहे हाइपोथरडिजम हो जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं नासिर हैं भिलाई से नासिर अपना सवाल कीजिए हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार मैं नशीत बोल रहा हूँ मेरी एज 30 इयर्स है और मुझे हाइपोथायराइड है मुझे ये पूछना था कि जैसे हाइपोथायराइड होता है तो उसमें टेस्टस्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है क्या ठीक है और दूसरा एक सवाल ये था कि जैसे वर्कआउट करता हूँ मैं तो वर्कआउट करने से क्या इसमें कुछ इफेक्ट होता है मतलब इसके लिए अच्छा है और ये ठीक हो सकता है कभी थाइराइड की लाइफ लॉन्ग मेरे को ऐसे रहेगा बहुत सारे प्रश्न हैं आपके पहला प्रश्न तो ये है कि यूजुअली हाइपोथिज़्म जो रहता है वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है तो टेस्टोस्टोन का ऐसा ऐसा फर्क तो नहीं पड़ता फीमेल्स में फ़र्क रहता है फीमेल्स में जो टीएसएच हार्मोन रहता है वो एफएसएच और एलएच हार्मोन्स रहते हैं उसको मिमिक करता है तो उनके में गलेक्टोरिया और ये सब हो सकता है मेल्स में उतना इफेक्ट नहीं रहता मेटाबोलिक एक्टिविटी कम हो जाती है जिसके कारण आपको थोड़ा सुस्तीपन लग सकता है सेकेंड चूँकि ये वेट बढ़ाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छा है हाइपोथॉरिजम के पेशेंट के लिए एक्सरसाइज ना केवल थायराइड ग्लैंड की आ, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है थायराइड हाइपोथॉरिज्म को इम्प्रूव करता है साथ में वेट लॉस भी करता है हेल्दी डाइट आपके लिए फ़ायदा करेगा ठीक हो सकता है कि ठीक नहीं हो सकता ये तो डिपेंड करेगा कि किस कारण से है अगर लाइफ मॉडिफिकेशन लाइफ की दिक्कतों के कारण आपको था या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण था थायरॉइड प्रॉब्लम तो कॉज पे ही डिपेंड करेगा कि उसका आगे प्रोग्नोसिस क्या है आपकी बीमारी का डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि थायरॉइड ज्यादातर किसमें होता है मींस लेडीज में या बच्चों में किसमें ज्यादातर ये होता है आ, जो कि मोस्ट कॉमन थायरॉयड डिसीज है वो यूज़ुअली फीमेल्स में ज़्यादा होती है फीमेल्स uh, में बहुत सारे कारण्स होते हैं जैसे कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन हारमोन एफ एस ये थायरॉइड के फंक्शन में थोड़ा सा रेगुलर्टी करते हैं साथ में कुछ कारण ज्ञात नहीं है अधिकतर कारण जो हम लोग को समझ में आता है कि फीमेल्स हार्मोन्स और बाकी सब चीज़ों के कारण स्पेसिफिकली प्रेग्नेंसीज हाइपोथर स्टेट अगर लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो एक तरह से ये बोला जाता है कि उसको थायराइड चेकअप हमेशा कराना ही चाहिए भले वो यू मतलब नॉर्मल थायराइड लगातार चल रही हो तब भी हर प्रेग्नेंट लेडी को जैसी डायग्नोसिस होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो तुरंत कुछ जो फर्स्ट टेस्ट होते हैं उनमें से थायराइड के टेस्ट भी शामिल होते हैं टी टेस्ट भी शामिल होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज मतलब फीमेल्स में थायराइड ज़्यादा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शन क्यों क्योंकि एक तो थायराइड हार्मोन ओवरऑल में होता है मेटाबॉलिक हार्मोन होता है साथ में छोटे बच्चे जो होते हैं जो फिटस होता है जो गर्भस्थ शिशु होता है और जो न्यूनेट्स होते हैं उनको मेंटल और फिजिकल स्पेसिफिकली मेंटल डेवलपमेंट के लिए थायरॉइड हारमोन मस्ट होता है अगर थायरॉइड डिफिशेंसी रहेगी प्रेगनेंट लेडी में तो बच्चा जो है गर्भ के अंदर भी उसका डेवलपमेंट कम होगा और पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चा भी हाइपोथरिज्म हो और उसका फ्यूचर में जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा तो धीरे धीरे वो पता लगेगा मेंटली रिटार्डेड है या मेंटली डिस्टर्ब है तो ऐसे में शुरुआत में हाइपोथरिज्म वाले बच्चे की डायग्नोसिस थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है तो ज़्यादा अच्छा है कि लेडीज़ खासकर ट्वेंटी थर्टी पर की लेडीज़ जिनको हाइपोथरिजम के लक्षण हैं जैसे कि एक आम माना जाता है कि अचानक से मोटापा होना साथ में कुछ टिपिकल हाइपोथराइजियम के एक्साइज होते हैं चेहरा फूल जाता है चेहरे पे बाल ज़्यादा आते हैं सूर्ज बोलते हैं जिनको मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं साथ में आ, बालों का झड़ना बढ़ जाता है वेट बढ़ता है पर भूख नहीं बढ़ती भूख लॉस के मतलब हेपेटाइट लॉस के साथ साथ अगर वेट गेन हो रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लग रहा है कि आपको ठंड ज़्यादा लग रही है बाकी लोगों की तुलना में तो ये भी हाइपोथजियम के लक्षण होते हैं आप सुस्त महसूस कर रहे हो तो ये भी ड्राई है आपको हो रहा है, ये भी के होते हैं। जी डॉक्टर साहब ये मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी लेडीज में आपने बोला है कि ये ज्यादातर थायरॉइड पाया जाता है इसमें कंसिविंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनके मैं रेगुलर हो जाए तो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है सोनिया जी इवन अगर आप कंसीव करने में आपको दिक्कत हो रही है बार बार आपका एबॉर्सन या मिस कैरियज हो रहा है तो अगेन फर्स्ट टेस्ट जो होता है लोग थायराइड का ही कहते हैं थायराइड की जो एबनॉमिलिटीज़ होती है वो बहुत कॉमन होती है कंसीव करने में दिक्कतों दिक्कत जो क्रिएट करती है साथ में मैंने जो बोला कि प्रेगनेंसी में थायरयड हारमोन का नॉर्मल होना मस्त होता है साथ में एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड हारमोन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा मतलब उसकी डोजेस ज़्यादा हो जाती हैं कई बार क्या होता है कि लेडी पहले से उसको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अब एक पर्टिकुलर थायराइड हार्मोन ले रही है और इंडिया में अभी भी प्रेगनेंसी के बाद हॉस्पिटल बहुत लोग नहीं जाते हैं जाते भी हैं तो पाँच या छः महीने के बाद जाते हैं जबकि आपको फर्स्ट विजिट जैसे आपको पता लगा कि आप प्रेगनेंट हैं खासकर आपको थायरॉड के लक्षण है या आप थायरॉयड की मेडिसिन ले रही हैं तो आपको तुरंत ही जो किसी सही डॉक्टर के पास जो उसके बारे में नॉलेज रखता हो उसके आपको दिखाना चाहिए या किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50 मिली माइक्रोग्राम आप थायरॉक्सिन ले रही हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अप टू तो 50 परसेंट तक थायरॉक्सिन की डोज जो है प्रेगनेंसी में बढ़ती है आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मांग प्रेगनेंसी को तीन भागों में बांटा गया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग रहती है तो और प्रेगनेंसी में साथ में ही टी जो रहता है यूजली हम लोग हर तीन महीने हर छः महीने में कराते हैं प्रेगनेंसी में शुरू में हर महीने टी की जाँच कराते हैं क्योंकि थायराइड हारमोन ज़्यादा होना भी दिक्कत क्रिएट करेगा कम होना भी दिक्कत क्रिएट करेगा एक बहुत नैरो मार्जिन में थायरॉक्सिन हमको मेंटेन uh, करना रहता है प्रेगनेंसी में तो उस समय थायरॉइड की जो uh, क्या इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और डॉक्टर साहब थायरॉइड से बचा कैसे जाए इसके क्या प्रिकॉशंस हैं प्रिकॉशंस अगेन अपन इस बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ स्टाइल करना है आपको uh, ये एक हारमोन रिलेटेड बीमारी है ऐसे प्रिकॉशंस इसमें कुछ नहीं हो सकता है अगर आपको थायरयड हो गया है तो आप अर्ली से अर्ली उसको डायग्नोसिस कीजिए अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट कीजिए और कंटिन्यू रखिए ट्रीटमेंट एंटिल एनलेस आपका डॉक्टर उसको मना नहीं करता कि हाँ अब आप, आप रोक के देख सकते हैं अपने मन से मत रोकी कि मैंने थायराइड की दवाई खाई थी अब मुझको आराम आ गया है अब मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है तो मैं थायरयड बंद कर देती हूँ ऐसा नहीं होता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल इसलिए आई हैं क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हैं आप जहाँ मेडिसिन खाना बंद करेंगे आपकी रिपोर्ट वापस एबनॉर्मल्स हो जाएंगी जी डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि योग बोलते हैं लोग कि योग सबको निरोग करता है इसके लिए थायराइड कितना सहायक है आ, योग इज अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल कोई भी बीमारी अगर आपको है तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट करेगी चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो चाहे वो आपको हाइपर हो चाहे डायबिटीज हो सब में ऐसा नहीं है कि योग स्पेसिफिकली थारॉइड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल रखता है ओवरऑल आपकी लाइफ स्टाइल जब मॉडिफाई होगी जैसे मैंने बोला कि थायरॉड में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बेटर है योग इज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज योग तो जैसे ही आप योग करेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप प्रॉपरली तरीके से योग कर रहे हैं तो आपकी मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी आपको फायदा होगा योग सिर्फ थायरॉइड में ही आपको ओवरऑल लाइफ में ही पूरा फायदा करेगा जी डॉक्टर साहब और मैं यहाँ पे एक और उनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर छोटी उम्र में बच्चों को हो जाए थायरइड तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये कोई हेरिडिटी से होता है या किस चीज़ से बच्चों में पाया जाता है ये थायरय हेरिडिटी से भी कुछ थायरॉइड की बीमारियाँ होती हैं एक पेंड्रिंस रूम हम लोग बोलते हैं पेंड्रिंस जिनकी डिफिशेंसीज होता है उसमें आपको हैपोथाइरडिजम के साथ साथ हेरिंग लॉस भी मिलता है ऐसे बहुत सारे हेरिडिटरी कहना चाहिए सिंड्रोम्स या हेरिडेटरी बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ होती हैं पेरेंट से बच्चों में पर जो आम तौर से फैली हुई बीमारियां होती हैं थायराइड की वो जेनेटिकली नहीं होती हैं वो बिकॉज ऑफ आइडेंटेंसी या मोस्टली थैराडाइटिस के कारण होती हैं इन्फेक्शन के कारण होती हैं ये छोटी उम्र में भी हो सकता है बड़ी उम्र में भी हो सकता है अगर आपको बचपन से है न्यूनेट थायराइडिज्म आपकी माँ को हाइपोथाइडिज्म था जिसके कारण आपको हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपके मेंटल डेवलपमेंट पे असर करेगा इसके अलावा अभी बच्चों में मोटापा बहुत फैला हुआ है ओबेसिटी बहुत कॉमन है तो हर ओबीस बच्चे को थायराइड की चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है और आ, अगर उस उम्र में भी आपको हाइपोथरिजम निकल रहा है तो हाइपोथरिजियम का मेन ट्रीटमेंट थायरॉक्सिन सप्लीमेंट ही है ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम थायरॉक्सिन ना खा के कुछ और खा लें आपको थायरोक्सिन ही खाना पड़ेगा अगर आपको थायराइड की कमी है तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द बॉडी यू हैव टू टेक इट जी डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मेडिसिन तो बहुत हैं इसकी लेकिन होम रेमेडीज़ क्या हैं थायराइड के लिए कुछ ऐसी चीज जो हम घर से ही इनका इलाज कर सकें मैंने यह फिर मैं अगेन क्लियर करना चाहूँगा सोनिया जी मेडिसिन अगर हाइपोथर्जम जनरल भाषा में थाइराइड मतलब हाइपोथर्डजम हाइपोथरजम की एक ही मेडिसिन है थेरोक्सिन हारमोन मेडिसिन के साथ साथ अगर हम कोई होम रेमेडी भी यूज करना चाहें होम तो रेमेडी में आप जैसे हैं कि आप आ, जो होते हैं मल्टी विटामिन यूज कर सकते हैं विटामिन डी विटामिन बी और सप्लीमेंट इसमें आपको विटामिन डी आपको जो रहता है दूध में मीट में हम लोग बोलते हैं कि जो नॉर्मल मीट रहे उसको खाइए जैसे फिसी प्रोडक्ट्स जो हैं फिस या सी फूड प्रोडक्ट हैं वो फ़ायदा करते हैं इसमें आ, डेयरी प्रोडक्ट्स में बात की भाजी फ़ायदा करती है दिक्कत ये रहती है कि ग्रीन लिफी लिफी वेजिटेबल्स या जो हम लोग बोलते हैं गोभी बंद गोभी फूल गोभी इसको अवॉइड करना चाहिए जी। तो एक बात और क्लियर करना चाहूँगा अगर ये इसको पका के खा रहे हैं तो उतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करता है वेस्टर्न कंट्रीज में यूजली इसको बिना पकाए खाते हैं और कच्चा ये ज़्यादा दिक्कत करता है पकाने पर जो इनकेट्रोजन रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सेकेंड रेगुलर नहीं खाना है और अगर आपको खाना है तो मॉर्निंग जो थायराइड की डोज वो इसलिए एम्टी स्टमक खाली पेट मॉर्निंग में लिया जाता है उसे कम से कम तीन से चार घंटे का गैप रखना है तो तीन से चार घंटे का गैप रखेंगे तो फिर आपको उतनी दिक्कतें नहीं होंगी जी चलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई और आपने थारॉयड के बारे में हमें इतनी जानकारी दी सो आज के शो में बस इतना ही आप देखते रहिए आई एन